हेलो दोस्तों नमस्कार आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में और इस वीडियो में मैं आपको कॉपीराइट स्ट्राइक से बचने के बारे में बताने वाला हूं तो जब भी आप अपना नया यूट्यूब चैनल ओपन करते हैं तो आपको सबसे बड़ा डर ये होता है कि मेरे चैनल पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आ जाए क्योंकि अगर लगातार तीन महीने तक आपके चैनल पर तीन कॉपी स्ट्राइक आ जाती है तो उसके बाद आपका यूट्यूब चैनल डिलीट कर दिया जाता है तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक का हमेशा ध्यान रखना होता है तो इस वीडियो में मैं आपको कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में अच्छे से समझा दूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कॉपीराइट स्ट्राइक की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इस वीडियो में मैं आपको कॉपीराइट स्ट्राइक से बचने के सारे तरीके बता दूँगा तो जैसे मान लीजिए आप फेस कैम वीडियो बनाते हैं मतलब आप अपनी वीडियो में खुद का फेस दिखाते हैं तब तो आपको कॉपी स्ट्राइक की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अगर आप अपनी वीडियो में फेस दिखाते हैं तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक की चिंता करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं तो फेस कैम वीडियो पर तो कॉपीराइट स्ट्राइक आने का चांस बहुत ही कम होता है इसलिए आपको जहां तक हो सके फेस कैम वीडियो बनाना है फेस कैम वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक आने का चांस बहुत ही कम होता है उस पर कॉपी स्ट्राइक नहीं आती है क्योंकि फेस क्रेम वीडियो में आपका फेस होता है और कुछ भी नहीं होता है तो अगर आप फेस्क्रेम वीडियो बनाते हैं तो आपको अपनी वीडियो में किसी दूसरे का कंटेंट यूज नहीं करना है और आपको अपनी खुद की फेस क्रेम वीडियो बनाना है तो पहला तरीका तो मैंने आपको बता दिया अगर आप फेस कैम वीडियो बनाते हैं तब तो आपको कॉपीराइट की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तो कॉपीराइट स्ट्राइक से बचने का दूसरा तरीका मैं आपको बता देता हूं तो अगर आपका यूट्यूब चैनल है और आप अपने यूट्यूब चैनल पर फेस्क्रेम वीडियो नहीं बनाते हैं मतलब आप मेरी तरह वॉइस ओवर वीडियो बनाते हैं तो आप अपनी वीडियो में जो फोटो वीडियो यूज करते हैं तो वो फोटो वीडियो आपको कॉपी फ्री यूज करना है और कॉपी फ्री फोटो वीडियो के लिए मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ अगर मेरी बताई गई वेबसाइट से आप फोटो वीडियो लेकर अपनी वीडियो में लगाएंगे तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी तो pixels.com जो वेबसाइट है वहाँ पे आपको सभी तरह के फोटो वीडियो मिल जाते हैं और ये पिक्सल जो वेबसाइट है वो पूरी तरह से कॉपीराइट फ्री है इस वेबसाइट से आप फोटो वीडियो डाउनलोड करके अपनी वीडियो में कहीं भी यूज कर सकते हो आपको इस वेबसाइट से लिए गए फोटो वीडियो पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती है तो अगर आप वॉइस ओवर वीडियो बनाते हैं तो आप इस वेबसाइट से फोटो वीडियो लेकर अपनी वीडियो में लगा सकते हो आपको इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइटें मिल जाती है जो को कॉपीराइट फ्री फोटो वीडियो दे देती है लेकिन मेरी जो फेवरेट वेबसाइट है वो पिक्सल डॉट कॉम है इस वेबसाइट में आपको सभी तरह के कॉपीराइट फ्री फोटो वीडियो मिल जाते हैं तो आप इस वेबसाइट को यूज कर सकते हो तो ये तो हो गया वॉइस ओवर वीडियो में कॉपीराइट से बचने का तरीका अब मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ जैसे मान लीजिए आप यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड करते हैं और उस वीडियो में जो आप थम्मेल लगाते हैं तो थम्मेल बनाने के लिए आपको किसी दूसरे की फोटो की जरूरत पड़ जाती है कई बार तो आप अपनी वीडियो का जो थंबनेल बनाते हैं उसमें आप किसी दूसरे का फोटो लगा सकते हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है थंबनेल में आप किसी की भी फोटो लगा सकते हैं थंबनेल पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती है थम्मेल में तो आप किसी दूसरे का फोटो भी लगा सकते हैं उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती है आप चाहें तो गूगल से डाउनलोड करके थम्मेल बना सकते हैं अगर आपको अपनी वीडियो का थम्मेल बनाने के लिए किसी फोटो की जरूरत पड़ जाती है तो थम्मेल बनाने के लिए तो आप गूगल से फोटो डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि थम्मेल पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती है और ये जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर अपनी वीडियो में थम्मेल लगाते हैं वो सभी कॉपी फ्री फोटो नहीं लगाते हैं ये बड़े बड़े यूट्यूबर भी अपना थंबनेल गूगल से फोटो डाउनलोड करके बनाते हैं तो थंबनेल पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती है आपको उसकी चिंता नहीं करना है तो ये बता दिया मैंने आपको थंबनेल कॉपीराइट स्ट्राइक के बारे में थंबनेल पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ तो जैसे मान लीजिए आप फेस कैम या वॉइस ओवर कोई सी भी वीडियो बना रहे हैं और उस वीडियो में अगर आपको किसी दूसरे की वीडियो कॉपी करना पड़ जाता है तो आप एजुकेशन परपज के लिए किसी दूसरे की फोटो वीडियो अपनी वीडियो में लगा सकते हैं लेकिन आपको इतना सा ध्यान रखना है कि जो भी आप अपनी वीडियो में दूसरे का फोटो वीडियो लगाते हैं वो आपको दस से पांच सेकेंड का ही लगाना है मतलब एजुकेशन परपज के लिए आप अपनी वीडियो में किसी दूसरे की वीडियो कॉपी कर सकते है लेकिन अगर आप अपनी वीडियो में किसी दूसरे की वीडियो कॉपी करते हैं तो आपको 10 पांच सेकंड की ही कॉपी करना है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और तरीका मैं आपको बता देता हूं तो जैसे मान लीजिए आप किसी भी तरह की वीडियो बना रहे हैं और उस वीडियो में आपको किसी एप्लीकेशन के लोगो की जरूरत पड़ जाती है जैसे मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ तो मुझे अपनी वीडियो में यूट्यूब के लोगों की जरूरत होती है तो जब भी मुझे यूट्यूब के लोगों की जरूरत होती है तो मैं गूगल से डाउनलोड करके अपनी वीडियो में लगा देता हूँ तो अगर आप अपनी वीडियो में किसी ऐप का लोगो यूज करना चाहते हैं तो किसी भी कंपनी या एप का लोगो आप अपनी वीडियो में लगाना चाहते हैं तो वो लोगो आप गूगल से डाउनलोड करके अपनी वीडियो में लगा सकते हैं क्योंकि उस पर भी कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती है तो अगर आप अपनी वीडियो में किसी कंपनी का लोबो या फिर किसी ऐप का लोबो लगाना चाहते हैं तो वो लोगो आप अपनी वीडियो में गूगल से डाउनलोड करके लगा सकते हैं उस पर भी आपको कॉपी स्ट्राइक नहीं आती है क्योंकि आपको अच्छे से बताएं कि अगर आपको किसी कंपनी का लोगो या फिर किसी ऐप का लोगो चाहिए तो वो गूगल के अलावा कहीं भी नहीं मिलेगा तो अगर आप अपनी वीडियो में किसी ऐप का लोगो लगाते हैं तो वो आप गूगल से डाउनलोड करके लगा सकते हैं और आपको उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आएगी और आप थम्मेल बनाने के लिए भी गूगल से फोटो डाउनलोड कर सकते हो क्योंकि गूगल से फोटो डाउनलोड करके अगर आप अपने थम्मेल में लगाते हो तो उसमें भी आपको कॉपीराइट की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है तो चलिए अब मैं आपको म्यूजिक के बारे में बता देता हूँ तो अगर आप अपनी वीडियो में कोई म्यूजिक यूज करना चाहते हो तो म्यूजिक यूज करने के लिए आपको सबसे पहले तो YouTube लाइब्रेरी मिल जाती है तो YouTube लाइब्रेरी का म्यूजिक अगर आप अपनी वीडियो में लगाते हो तो YouTube लाइब्रेरी के म्यूजिक पर ना तो कॉपी स्ट्राइक आती है और ना ही कॉपी क्लेम आता है तो अगर आप अपनी वीडियो में कोई बैकग्राउंड म्यूजिक लगाना चाहते हो तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक आप यूट्यूब लाइब्रेरी से ले सकते हो और अगर आप यूट्यूब लाइब्रेरी से नहीं लेना चाहते हो तो आपको यूट्यूब पर एन म्यूजिक के नाम से एक यूट्यूब चैनल मिल जाता है और इस चैनल पर जितना भी म्यूजिक है वो सारा म्यूजिक कॉपीराइट फ्री है तो आप इस यूट्यूब चैनल का म्यूजिक भी अपनी वीडियो में लगा सकते हो और इस पर भी आपको कॉपी स्ट्राइक या फिर कॉपी क्लेम नहीं आता है और जैसे मान लीजिए कोई गाना आप अपनी वीडियो में लगा देते हो तो अगर आप अपनी वीडियो में कोई गाना लगा देते हो तो उस गाने पर कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो अगर आपकी वीडियो में कॉपीराइट क्लेम आ जाता है तो उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कॉपीराइट क्लेम से ना तो आपकी वीडियो डिलीट होती है और ना ही कॉपी क्लेम आने से आपके चैनल पर कोई फर्क पड़ता है तो अगर आपकी वीडियो पर कॉपी क्लेम आ जाता है तो उससे आपको डरना नहीं है कॉपीराइट क्लेम से आपको कोई भी नुकसान नहीं होता है तो चलिए एक और लास्ट और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूं तो बहुत से लोग यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं तो वो लोग अपनी वीडियो में मीम्स में वीडियो लगा देते हैं और इसके बारे में बहुत से लोगों ने मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछा भी था कि अगर हम हमारी वीडियो में मीम वीडियो लगा देते हैं तो उससे कॉपी स्ट्राइक आती है या नहीं आती है तो मीम वीडियो क्या होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ अरे कौन है बदतमीज तो ये जो मैंने अभी आपको दिखाया है तो इस तरह की जो फनी होती है, उनको मीम बोला जाता है तो इस तरह की मीम आप अपनी वीडियो में लगा सकते हो इस पर भी कॉपी राइट स्ट्राइक नहीं आती है आप अपनी वीडियो को थोड़ा फनी बनाने के लिए इस तरह की मीम लगा सकते हो और ये मीम आपको YouTube पर ही मिल जाती है और आप इनको YouTube से डाउनलोड करके अपनी वीडियो में लगा सकते हो और इन पर भी आपको कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आती है तो इस वीडियो में मैंने आपको कॉपीराइट स्ट्राइक से बचने के बहुत सारे तरीके बता दिए हैं अगर ये जो मैंने बताया है आप यहाँ से फोटो वीडियो डाउनलोड करोगे और अपनी वीडियो में लगाओगे तो आपको कॉपी स्ट्राइक नहीं आएगी और जो तरीका मैंने बताया है उसी तरीके से आप यूज करोगे और जो तरीका मैंने आपको बताया है